सुनाओ प्यार की एक कहानी एक था लड़का एक थी लड़की सुनाओ प्यार की एक कहानी ऊपर तक लेके गई इस हॉलीवुड बीते सी मुंडियां दे सोने बॉलीवुड म्यूजिक दी बेबाना पारते हमने भागवड़ा भीोंदा ते मेरे साथ वो भी हसते